भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पन्ना के कलदा पहुंचे जहां वे श्री राम कथा में शामिल हुए ये राम कथा बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं राम कथा के बाद सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुरा सांसदी शर्मा पन्ना पहुंचे जहाँ उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया जिसके बाद शर्मा पन्ना के कलदा पहुंचे जहाँ वे रामकथा में शामिल हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम ने कथा सुनाई और कथा के बाद नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। से सिखाया